गड़ गिर दादा, हो पट, हो पट, पट। अरे यार आज मेरा यू होम का आधा कैसा बंदी पढ़ा है छोरा अरे पोतरे अरे यार हो दादा आज की कि दर पी लो अरे यार दारू किसने पीता रहे अरे मेरी धोती गिली गिली हो रही तू तो फटक खोल। अरे यार दादा का तू यहाँ दारू पी तो घर की धूल दानी मैदान जाए। चल था ya yeah, da